بسم الرحمن رسوله بعد بالله من सलि रसूल بسم अम्माद الرحمن बसमलर आज का जो हमारा खतबा है वो यही है औलाद की तरबियत कि हम बच्चों की तरबियत कैसे करें हमारे पास जो बच्चे हैं वो अल्लाह की अमानत हैं क़यामत के दिन इन्हीं बच्चों के मुतिक हमसे पूछा जाएगा अगर हमने बच्चों की तलीम और तरबियत में ज़रा भी कोताही की होगी उसकी वजह से वो सीधे रास्ते से भटक गए होंगे और अपनी ज़िंदगी में नाकाम हो गए होंगे तो क़यामत के दिन उसकी सज़ा हमें भी भुगतनी पड़ेगी इसलिए हमें अपने बच्चों की तलीम और तरबियत के मुतल ताल्लुक से हमेशा फिक्रमंद रहना चाहिए कभी भी इससे गाफिल नहीं होना चाहिए तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर मुख्तसर तौर पर बातें चंद करेंगे तो पहली चीज़ है नंबर एक अपनी औलाद को नेक बनाने की फ़िक्र करते रहना चाहिए देखें नेक औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी न्यामत है इसलिए अम्बिया कराम जो थे जब अल्लाह से औलाद मांगते थे तो नेक औलाद की दुआ करते थे चुनाच कुरान में भी है हजरत ज़करिया आते हुए कहते थे यार अब मुझे ख़ास अपने पास से पाकिज़ा औलाद अदा फरमा बेशक तू दुआ का सुनने वाला इसी तरीके हजरत इब्राहीम जब अल्लाह से औलाद मांगी तो ये दुआ की अ मेरे पर् मुझे एक ऐसा बेटा दे जो नेक लोगों में से हो फिर इसी तरीके से अगर औलाद नेक हो तो इंसान को मरने के बाद भी फ़ायदा पहुंचता रहता एक हदीस में आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रमायादा मातल इंसान जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल ख़त्म हो जाता है मगर तीन किस्म के अमाल ऐसे हैं कि उनका सवाब अजर वबाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है अलासलासन अला सदिन और जारतीन पहला कि वो सदका जारिया कर जाए दूसरा ये ऐसा इल्म जो छोड़ जाए जिससे लोग क्या हो रहा है फ़ायदा उठा रहे हैं फिर इसी तरीके से तीसरी वो चीज़ मैं मलद आमनसूँ एक ऐसी औलाद नेक औलाद छोड़ दे जो उसके लिए क्या करती हो दुआ करती हो तो नेक औलाद का ज़रूरी होना है आज के इस दौर में हमारे लिए क्योंकि हम बच्चों की तरबियत जब भी करेंगे जब हमारे पास नेक औलादें होंगी नेक औलादें कहाँ से होंगी जब हम नेक माओ का इंतखब करेंगे नेक माँ जो दीनदारी की बुनियाद पर जिनसे हम निकाह करेंगे तो इसलिए जब ही हमारी नेक औलाद पैदा होगी तो दूसरी चीज़ है बच्चों के सामने अपना आमली नमूना पेश कीजिए बच्चे नफ्सियाती तौर पर अपने माँ बाप के तौर तरीक़ उनके अखलाक आदात और उनके अमाल और किरदार से बहुत कुछ सीखते हैं अगर जैसे मसला बाप नेक काम करते हैं तो बच्चे भी नक काम करेंगे तो बच्चे भी नेक काम करना सीखेंगे और जब वो बुरे काम करेंगे तो बच्चे भी बुराई करना सीखेंगे मिसाल के तौर पर एक झूठ ही को ले लीजिए अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे अक्सर ऐसा अक्सर ऐसा होता है कि हमने बच्चे को बहलाने और फुसलाने के लिए अपने करीब बुलाने में महज झूठ बोल उसको कुछ देने का इशारा किया हालांकि कुछ देने का इरादा नहीं था तो ये भी क्या झूठ है इससे बचना चाहिए हज़रत अब आम रजीन कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ फरमाते मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया कहा यहाँ आओ तुझे मैं एक चीज़ दूंगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसे क्या देना चाहती हो वालिदा ने कहा मैं इसको खजूर देना चाहता हूँ खजूर देना चाहती हूँ तो आपने फरमाया अगर उसको तुम कुछ ना देती तुम्हारे आमान नामे में एक झूठ लिखा जाता तो इससे क्या हमें सबक मिला कि बच्चों के सामने अपना आमली नमूना पेश कीजिए और दूसरा सबक बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए झूठ नहीं बोलना है इसी तरीके से तीसरी चीज़ है बच्चों के अखलाक को शुरू ही से दुरुस्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए देखो अखलाक इंसान का जेवर है अखलाक वो है जैसे फूल कोई सभी उसकी उसकी खुशबू कैसे होती उसकी पहचान सी होती है इसी तरीके से इंसान चाहे किसी भी नस्ल मजहब और ज़ात का उसकी पहचान भी अख्लाक सही होती है अखलाक एक ऐसी चीज़ है जो जिसकी कीमत भी नहीं देनी पड़ती लेकिन इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है तो अखलाक इंसान का जेवर है वही इंसान सबसे बड़ा जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं इसलिए इस्लाम ने अखलाक पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया एक हदीस में आप सलील आल वम के इर्शाद है सच्चा पक्का कामिल ईमान वाला आदमी वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों एक और हदीस में आपने फरमाया अपने बच्चे को जो चीज़ें तोहफे में देता हो उनमें सबसे अफजल जो तहफा है ना वो है एक अच्छा अदब सिखा देना समझो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है एक अदब सिखा देना हमें याद है जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे जो दोस्त हुआ करते थे वो जब कुछ पढ़ लेते थे तो उनके माँ बाप क्या करते थे कभी उन्हें साइकिल देते थे कभी और कुछ भी देते तो ऐसे करके उन्हें हदीये देते रहते थे लेकिन हम ऐसे थे जो हमारे माँ बाप ने हमें मतलब उस लायक नहीं थे हमारे माँ बाप जो हमको दे सकें लेकिन आज उन लोगों का शुक्र है कि उन्होंने हमें बहुत बड़ी चीज़ से नवाजा है उन्होंने हमारी अच्छी सी तरबियत करी है और अच्छे से परवरिश करी है तो एक अदब का सिखा देना आज के दौर में ये दुनिया का सबसे क़ीमती तोहफा है तो मेरे भाई अपने बच्चों को थोड़ा तमीज़ सिखाएँ उनको गिफ्ट देना ठीक है लेकिन गफ्ट दे देकर बच्चों को बिगाड़ना भी क्या है बेकार तो इसलिए अदब सिखाएँ बच्चों को पैसा कमाना ना सिखाएं बल्कि वो बताएँ कि बच्चे बड़ों की कैसे अदब करें उनकी कैसे खातिर तोज़ो करें बच्चों को ये ज़रूरी चीज़ें सिखाएँ देखो जो परिंदा होता है ना वो भी क्या करता है अपने बच्चों को कोई घोसला बना के नहीं देता बस खाली परिंदे अपने बच्चे को उड़ाना सिखाते हैं उड़ना सिखाते हैं बस उसके बाद बच्चे क्या करते हैं अपना घोसला बना लेते हैं लेकिन आज हम जो लगे रहते हैं ना वो ये सोचते नहीं हम अपने बच्चे का ये भी मकान बना जाएँ हम अपने बच्चे की ये भी दुकान बना जाएँ तो इसलिए ऐसा नहीं उनको अदब सिखाएँ इसी तरीके से है अपने बच्चों को शुरू ही से अखलाकी तरबियत करें अखलाक से मुतक छोटी छोटी बातें उनको सिखाएं मिसाल के तौर पर कभी गरीब को कुछ देना हो तो कभी भी बच्चों के हाथों से दिलवाएँ कभी भी कोई अगर मांगने वाल आ जाए उसको कुछ देना है तो अपने बच्चों के हाथों से ही उसको दिलवाए इससे क्या होगा बच्चों के अंदर भी गरीबों के मुतिक क्या होगा हमदर्दी पैदा होगी हमेशा बुरे अख्लाक उन्हें रोकते हैं इसमें जरा बराबर कोताही ना करें और आगे चलकर उनके अखलाक को दुरुस्त करना हमको मुश्किल होगा इसी तरीके से तलेम तरबियत पर भी उनकी खसूस तोज्जो देना चाहिए और बच्चों के साथ शफ़त और महबत का मामला भी करना चाहिए बच्चों के साथ मिलजुल कर रहें उनके साथ शफकत और मोहब्बत का मामला करें बात बात पर उनको ना डांटा करें तो आज की वीडियो में हमने यही बताया कि बच्चों की तरबियत कैसे करें इन शाह अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें और भी कुछ बातें करेंगे औलाद के मतलिक से कि औलाद की तरबियत कैसे करें तो अल्लाह ताली हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी के तरफ़रमान आमिर